कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल से फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए गए रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने किसानों से फसल बीमा योजना में अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की किसानों को सुविधा का लाभ देने के लिए कमल पटेल ने फसल अधिसूचना रकबे को 100 हेक्टेयर से घटा कर हेक्टेयर कर दिया है किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों से फसल बीमा योजना में फसलों का बीमा कराने की अपील की है मंत्री पटेल ने बताया कि दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रदेश में फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है किसान भाइयों को सुविधा प्रदान करते हुए फसल अधिसूचना रकबे को 100 हेक्टेयर से घटाकर 50 हेक्टेयर कर दिया गया है फसल बीमा योजना के प्रचार के लिए प्रदेश में चौवन प्रचार रथ रवाना किए गए हैं रथों द्वारा जिलों के प्रत्येक तहसील और ग्राम पंचायतों में फसल बीमा योजना का प्रचार किया जाएगा